अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ मोहम्मद उद्यार खान एंड वेलकम टू मोहम्मद टेक तो आज हम सीखेंगे कि जीमेल अकाउंट या मेल अकाउंट का आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे पासवर्ड चेंज करने के लिए पहले हम जाएंगे ब्राउज़र में कोई भी ब्राउज़र हो मैं गूगल क्रोम में जा रहा हूँ इसमें हम टाइप करेंगे जी साइन इन या साइड पर जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें एम जो ये लोगो सा है इस पर हम करेंगे प्रेस और ऐड अनदर अकाउंट में प्रेस करेंगे यहाँ अपने जो जी मेल है जिसकी आप मेल आईडी की पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं वो आईडी इधर डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे इसके बाद जो आपका पुराना पासवर्ड है वो इधर टाइप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे कि ये लॉग हो जाए तो मैंने ये आप मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करके नेक्स्ट कर दिया ये लॉगिन हो गया और अब हम यहाँ से जाएंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे ये जो ब्लू से ब्लू हमारी आईडी के नेम के नीचे जो लिखा है मैनेज योर अकाउंट इसमें जाएंगे और यहाँ पे आपको राइट पे नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट पे मेरे ये पर्सनल इन्फो में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक एक पेज ओपन होगा इसमें ये आपका सारा जो आईडी के डिटेल हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका नाम पिक्चर डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एड्रेसेस तो ये सारा इस पर होगा इसी पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा मैं आपको ये दोबारा बैक करके दिखा देता हूँ कि ये बॉक्स है इसी बॉक्स पर जो लिखा हुआ है पासवर्ड इस पर हम प्रेस करेंगे तो आपको आगे जो है नया एक पेज ओपन हो जाएगा उसमें जो है न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है बॉक्स उसमें आप अपना जो भी न्यू पासवर्ड आप डालना चाहते हैं चेंज करना वो पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लें यहाँ मैंने अभी एक पासवर्ड चेंज करने के लिए टाइप कर दिया और इसी तरह नीचे आके यही पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए दोबारा टाइप करेंगे ताकि कन्फर्म हो जाए कि यही पासवर्ड जो मैंने ऊपर डाला ये नीचे भी वही है और चेंज पासवर्ड पर प्रेस करेंगे जैसे हम चेंज पासवर्ड पे प्रेस करेंगे तो हमारे लिए एक मैसेज आएगा नीचे मैसेज सा शो हो जाएगा ये जैसे नीचे यूआर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज अगर आप ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह सारी वीडियो देखेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करना आ जाएगा इस तरह आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और पासवर्ड चेंज करना सीख गए होंगे मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर मस्त करें